देखिये फैंट्स इस पे ऐसा कुछ बना हुआ है वो फैंटी आ रहा है क्या बोलते हैं वो ही बना हुआ इस पे और ये है फ्रेंड्स, ₹10 की लवेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डर्लीज तो कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई थिंक आप सब लोग मेरे ही ब्लॉग का कर इंतजार करूंगी नहीं <laughs> <laughs> आपका इंतजार यहाँ होता है खत्म आपका सब्र हुआ यहाँ खत्म क्योंकि मैं आप सबके लिए लेकर आई गई हूँ एक न्यू एनोदर व्लॉग, तो इस व्लॉग को आप तब देखिएगा जब आप अपनी मम्मी के टोंट यानी तानों से परेशान हो गए और इसको देखकर अपनी जो बोरियत है जो आपका आलसीपन है वो दूर हो जाएगा अरे कहना क्या चाहते हो तो इस व्लॉग में मैं आप सबको सभी चीज दिखाऊंगी जो हम रक्षाबंधन के लिए करते हैं यानी कि हम रक्षाबंधन की तैयारियां कैसे करते हैं उसकी सफाई करते हैं उस सारी चीज में आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ तो इस व्लॉग से कहीं मत जाइएगा फ्रेंड इस व्लॉग को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको आपके घर में ऐसा कुछ भी होता है ना रक्षाबंधन पे तो प्लीज एक लाइक कर देना आपका एक लाइक और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए नहीं सही तो रक्षाबंधन अपनी बहन या भाई के लिए प्लीज एक लाइक कर देना तो अभी बज रहे हैं साढ़े सात और मैं अभी बेड से उठ गई हूँ तो अब मुझे जाना पड़ेगा बेड क्लीन करने के लिए तो फ्रेंड्स बैट क्लिंग करने के लिए जाना पड़ेगा तो उससे पहले मुझे ये वीडियो भी तो आगे बनानी पड़ेगी तभी तो मैं बैट क्लिंग करने जा पाऊंगी तो इसीलिए अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते यानी लेट्स गो तो फ्रेंड्स मैं अपना बेड क्लीन करने आ गई हूँ और मैं कंबल जो है वो समेट के रख देती हूँ फ्रेंड्स मैं इसलिए ये काम करती हूँ क्योंकि अगर मैंने बेड अपना क्लीन नहीं किया तो मम्मी आकर मुझे क्लीन करेंगी मुझे इतने ताने सुनाएंगी इतने ताने सुनाएंगी कि मेरे कानों में से खून निकलने लग जाएंगे और आप सबको तो पता ही होगा मम्मियाँ एक बार शुरू हो जाती हैं तो वो हमारी पढ़ाई से गुजरते हुए हमारे फ़ोन पर आके अटक जाती हैं तो इसीलिए सोचा कि मैं बेड क्लीन कर ही देती हूँ जैसा कि आपने देखा है कि मैंने जो ब्रश है मतलब अपने दांतों जो पीले पीले हैं उनको वाइट वाइट कर लिया है और अपनी मूँ जो सोया सोया हुआ था जो बहुत ही गंदा लग रहा था चुडैल लग रही थी तो उससे भी मैंने वॉश कर लिया है तो आई थिंक थोड़ा तो सुधार आया ही होगा मेरे फेस में पर मैंने जो है फेस सर और ब्रश जो है वो कर लिया मैं हो गई हूं। तो अब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने सोचा क्यों ना पेट पूजा कर लीजा काम तो करेंगे बाद में पहले पेट पूजा कर लेते अगर पेट पूजा नहीं की तो काम भी तो मेरे से होने से रहा कि मैं हूँ आलसी टाइप मेरे से काम बिना खाए तो होता नहीं है तो ब्रेकफास्ट में ये इसमें दो हैतन पतंग बनाते हैं और ये पाने दिया ये नहीं कहते हैं सब जगह जितने बस मेरे मुंह में ही नहीं है पहुंचा सातवीं फेर पहुंचा सातवीं फेर इन मोनो बिस्कुट को मैं खा लूंगी ब्रेकफास्ट में चाय है और बिस्कुट दोनों ही खा लिया तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो पेट मेरा भर ही गया तो अब बारी आती है काम करने की आएगा ना रक्षा बंधन आने वाले हैं हम सफाई कर रहे हैं अपने घर की तो इसीलिए मैंने अभी नही मैं अभी काम करूँगी शायद तक मुझे बारह बजे आने के तो अब मैंने जो पेट भूजा है वो कर ली है अब काम करते है तो चलिए चलते है तो फ्रेंड्स आपसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ यानी फ्रेंड्स बहुत सारा मतलब बहुत सारा ही करने वाली हूँ फ्रेंड्स और आज मैं अब रूम की सफाई करने के लिए आ गई क्योंकि मम्मी ने मुझे बोल दिया कि हमें रूम की सफाई करनी है तो इस रूम में ज्यादा कुछ तो वैसे है नहीं मेरी बुक्स वगैरह है और कुछ फ्रेम रखे हुए हैं कांच का टेम्पल है सबको साफ करने के बाद ऊपर एक बड़ी सी टाण बनी हुई है वहां पे सामान रखा है वो भी साफ करना है झाड़ू लगानी है नीचे फर्स्ट पे झाड़ू लगानी है बोचा लगाना है फिर उसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा रूम साफ करेंगे मतलब मेरे ऊपर आज काम का पहाड़ टूट चुका है फ्रेंड और मैं किसी और से तो फ्रेंड कह नहीं सकती हूँ आज मुझे कैसा फील हो रहा है आप लोग समझ रहे हैं ना फ्रेंड जब कहा मिलता है तो कैसा लगता है आप ही लोग समझ सकते हैं बस क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं आप ही लोगों को पता है कि मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है और मैं आपका दुख समझ मुझे सफाई करनी ही पड़ेगी रक्षाबंधन आने वाली है फ्रेंड हम तो दिवाली पे भी पंद्रह दिन पहले सफाई करना शुरू कर देते दिवाली तो नहीं रक्षा है रक्षाबंधन में भी कम सफाई करेंगे लेकिन फ्रेंड्स काम तो काम ही होता है ना और फ्रेंड्स आपको एक बात और लगा कल मेरा जो था टेस्ट था तो मेरे उसमें मैथ में टेन आउट ऑफ टेन आए थे तो आपको मेरे नंबर सुनकर कैसा लगा फ्रेंट्स? वैसे इस व्लॉग में नंबर बताने की जरूरत नहीं थी और फ्रेंड्स मुझे लग रहा था ऑनलाइन है तो सर ने इतनी तारीफ की नहीं तो क्या पता आप मेरी तारीफ कर दो कमेंट में तो प्लीज फ्रेंड्स थोड़ी सी तारीफ मुझे मेरी कर देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड ऐसा नहीं कि आप चले जाए बिना सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को एंड तक दिखना और सब्सक्राइब भी कर लेना तो अब हम चलते हैं सफाई की और वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मम्मी फिर से आके चिल्लाए तो चलिए चलते हैं सफाई करना फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कितना काम किया फ्रेंड्स इतना काम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया फ्रेंड्स जितना काम मैंने आज किया बहुत काम किया फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पहले तो दोनों रूम की सफाई की झाड़ू लगाया, लगाए फिर नहाया फिर, फिर लंच की तैयारी भी की मैंने आटा गूथा तो बहुत काम था फ्रेंड्स बहुत ज्यादा काम था क्या ही बताओ आज तो वो मुहावरा है ना खून पसीना एक कर देना वो ही हो गया फ्रेंड्स अगर मैं अपने पसीने से अगर बाल्टियां भरती ना तो दो तीन तो जरूरी बढ़ जाती एक तो राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है ना क्या ही आज भी बहुत गर्मी है और इतना काम किया है तो ऊपर से और पसीना निकल रहा था बहुत ज्यादा ही पसीना निकल रहा था फिर भी मैंने फ्रेंड्स काम कर लिया चलो जैसे भी किया वैसे भी कि कि कर लिया फ्रेंड्स और आप ही सही फ्रेंड्स बता सकती हूँ कि मैंने जो काम किया है वो कैसे किया है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो फ्रेंड्स तो आप ही समझोगे ना कि मुझे क्या फील हो रहा था उस टाइम तो ये सब कुछ मैंने सफाई वगैरह कर लिया लंच में मम्मी ने चूल्हे की अच्छी सी रोटी बनाई और अपने हाथों तो की टेस्टी टेस्टी सी कड़ी बनाई है जो उस दिन बनाई थी एक ब्लॉग में चावला और रौसे की जो फलियां होती उसकी कड़ी उसकी बनाई थी अब आपके यहाँ पे रौसे या चावला की फली को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यहाँ पे तो चावला फली या रौसे की फली बोलते उसी की कड़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी तो लंच वो मैं नहाकर करूंगी मैंने नहाया नहीं है मैं इसलिए आप दिखा रही हूँ आपको राखी दिखाने वाली हूँ तो फ्रेंड्स और भी है को। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब राखी दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स ये जो राखी है ये है पांच रुपए की राखी ये देखिए फ्रेंड्स इस पे ऐसा कुछ बना हुआ है वो फ्रेंड्स आदमी आ रहा उसे क्या बोलते हैं वो ही बना हुआ है इसपे और ये हैं पैंट दस रुपये की राखियाँ ये देखिए पैंट्स और ये बीस रुपए की राखियाँ हैं ये देखिए इस पर तो बिग ब्रदर लिखा हुआ है पैंट और ये भी पाँच रुपए की राखी है पैंट्स ये देखिए तो ये जो सारी राखियाँ हैं वो मैं आज दुकान से परचेज करके लेकर कर आई हूँ फ्रेंड्स अच्छी है ना ये राखियाँ मुझे कमेंट कर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसी लगी है और यही था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो ना तो प्लीज एक लाइक कर देना बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे प्लीज एक लाइक कर देना और अपने भाई बहन रक्षाबंधन भाई बहन के नाम पर सब्सक्राइब कर देना प्लीज फ्रेंड और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना क्योंकि मैं रक्षाबंधन को भी ब्लॉग डालूंगी हम लोग कैसे सेलिब्रेशन करेंगे तो वो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए नोटिफिकेशन बैल भी दबा देना और बाकी सब ब्लॉग की भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए इसलिए भी नोटिफिकेशन बेल दबा देना और साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आज मैंने कितनी मेहनत की है फ्रेंड्स कितनी ज्यादा तो यही था आज का ब्लॉग तो मैं इस व्लॉग को आज यही पर एंड करती हूँ अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड थैंक्स फॉर